बन जाए फिर हम इसमें बैगन ऐड कर देंगे ये देखिए जब तक मैं आलू छील लेती हूँ मेरे पास अभी कोई मोबाइल का कैमरा पकड़ने के लिए कोई है नहीं इसलिए मुझे ये एक हाथ से मोबाइल पकड़ना पड़ रहा है और एक हाथ से ये आलू को छीलना पड़ रहा है देखिए इसीलिए मैंने ये पेपर बिछाया है ताकि कि आलू नीचे गंदा ना हो फिर हम इसे छीलने के बाद धो भी लेंगे फिर भी मैंने सोचा कि इसमें कुछ मिट्टी वगैरह या कुछ लगना जाए आलूओं में इसलिए मैंने ये बैगन बिछा लिया ये देखिए मेरे आलू छीलने का तरीका आप लोग सोचेंगे कि कैसे छील रही है पर ठीक है अब जो जैसे ही कर सकता है तो कर सकते हैं ये देखिए ये देखिए मेरा आलू छिलने वाला है मुझे खुद पता नहीं था कि मैं कर पाऊंगी या ना कर पाऊंगी पर ये हो रहा है अच्छी बात है ये देखिए तो तो अब हमारे आलू छाले हैं फिर मैं इसमें आइए मैं दिखाती हूँ आपको देखिए हमारा मसाला भून भूजता है इसमें तेल छोड़ दिया है अब हम इसमें बैगन ऐड कर देंगे देखिए बैगन अब हम इसमें बैगन को डाल देंगे देखिए अब बैगन में थोड़े धुनने के बाद हम इसमें आलू डालेंगे बैगन कोई ज़्यादा भी देखने में खाता नहीं है इसलिए हमने ये बैगन ऐड किए हैं आप चाहें तो दो से ज़्यादा बैंगन डाल सकती हैं थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि मुझे लगे ना और अच्छी तरह से बैंगन इसमें भूना देखिए मैं इसको भू दूँगी ये मैं धनिया कड़क्कन डिब्बे कड़क्कन लगाना भूल गई थी अब आप लोग देखिए मैं आलू ये देखिए मैंने पहले से आलू छिलकर नहीं रख पाए थे इसलिए मैं अब छील रही हूँ वरना मैं पहले ही छिल के रख देती हम चार आलू ऐड करेंगे इसमें दो बैगन और चार आलू आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं वो आपको कितने लोगों के हिसाब के लिए बनानी है ये आप पर डिपेंड करता है ये मैं चार से पांच लोगों के लिए ही सब्ज़ी बना रही हूँ अब हम आलू को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे साथ ही साथ हम अपनी सब्ज़ी भी लगा दी ताकि वो नीचे लगे ना तो देखिए और ऐड कर देंगे ताकि हमारे बैगन अच्छी तरह से पक जाए ये देखिए हमारे बैगन बस अभी ये थोड़ा और पकेंगे फिर मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी देखिए मैं आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी ये देखिए देखिए आलू हमारे कट चुके हैं अब हम बैगन के साथ आलू भी डाल देंगे जिसमें ये दोनों साथ में पक जाएं ये देखिए आलू भी कट चुके हैं और हम इसमें आलू को भी ऐड कर देंगे बैगन के साथ ये देखिए देखिए हमारे बैंगन हल्का हल्का हो चुके हैं और बाकी का ये आलू के साथ हो जाएंगे टमाटर हम सबसे लास्ट में डालेंगे जब हमारे आलू बगन दोनों गल चुके होंगे अभी पक चुके होंगे सॉरी फ्रेंड अगर आपको मेरी कोई भी बात ऐसी गलत लगे तो प्लीज़ प्लीज़ सॉरी बट इतनी में थोड़ी ये देखिए मतलब प्यारा कलर है देखिए आप सब भी देखते ही खाने का मन कर रहा है अब हम इसे ढक देंगे इस तरह से अब हमारे टमाटर जो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कटने का अब हम मैं इन्हें काटेंगे और इसे पानी को मैं अपना कर दूंगी इस इसलिए में ये टमाटर को मैं काट लूंगी इस तरह से देखिए अब हमें छोटे छोटे हिस्सों में काट लेंगे इसको हम निकाल के अलग कर देंगे ये देखिए मैंने इन्हें छोटे छोटे हिस्सों में काट लिया है टमाटर मैंने कट कर लिए हैं अब हम देखते हैं हमारी सब्जी को ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है आप देख लीजिए भूने के लिए छोड़ देंगे आप जैसी चाहें वैसे ग्रेवी डाल सकते हैं आप अगर थोड़ा पानी ऐड करना चाहते हैं तो पानी ऐड कर सकते हैं और अगर सूखा रखना चाहते हैं तो सूखी सब्ज़ी भी रख सकते हैं पर पर मैं इसमें थोड़ा पानी करूंगी, एड इसमें क्योंकि मेरे घर में सूखी सब्ज़ी किसी को भी ज़्यादा पसंद नहीं इसलिए मैं इसमें पानी ऐड करूँगी पर ये पानी आलू गलने के बाद पानी से ऐड कर ली